ओ नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओ नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी गुरु जी के वचन जो उन्होंने समय समय पर कहे आज भी ये वचन हमारा मार्गदर्शन करते हैं जै मंदिर या मेरे नाम सैलफोन यूज़ किया तो ते तेरी बलैसिंग उन्होंने ट्रांसफर हो जाऊंगी गुरु जी मेरी उपस्थिति में सैलफोन का प्रयोग मत करो वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करते हो